तो एक्सेल में हम बात कर रहे हैं एरे फॉर्मूला एरे फॉर्मूला क्या होता है एरे का मतलब होता है सिक्वेंसली अरेंज करना अगर हम स्टेटिक्स में जाएं, साइंखिकी जो हम लोगों की कॉलेज लाइफ में थी उसमें एरे का मतलब होता है सिक्वेंसली अरेंज करना तो एक्सेल में भी समथिंग यही होता है सिक्वेंसली अरेंज करना ही होता है जैसे मैं यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से लिख रहा हूँ अब इसी को तो अरे फॉर्मेट में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कर्ली में कविट के अंदर टू कोमा थ्री कोमा फोर कोमा फाइव और फिर हम एंटरप्रेस करेंगे तो वो उसी हिसाब से सेक्वेंसली अरेंज कर देता है अब बेनिफिट क्या है इसका किस तरह की बेनिफिट है इसकी देखिए क्या होता है कि अगर आपको कोई फार्मूला लगाना है और फॉर्मूले में सब कुछ सेम है बस एक इनपुट बढ़ता घटता जाता है जैसे कि हमने वी लुकअप में बात की थी तो एक बार और वी लुकअप में आपको यहाँ बता देता हूँ वी लुकअप में हमने बात की जैसे कि मेरे पास मान लीजिए डेटा है और मुझे यहाँ वी लुकअप लगाना है आई नंबर मान लीजिए टेन का तो यहाँ जब हम वीलो कप लगाएँगे इसको सेलेक्ट करेंगे और हमने अपना रेंज दिया और यहाँ पे हमने दिया कॉमा टू कॉमा ज़ीरो टू आया फिर अगेन मैं यहाँ पे वीलो कप करता हूँ और इसको लेता हूँ इस बार भी बिल्कुल सब कुछ सेम है बस इस बार यहाँ पे थ्री करना है टू के जगह पे और यहाँ जब हम वीलो कप तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर हमें आ, थ्री के जगह पर फोर करना है तो आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम है बस हर किसी का अलग अलग इनपुट्स है अलग अलग इनपुट्स हैं तो इसी को हम जो है सीक्वेंसली अरेंज करेंगे कैसे देखिए मैं इसको को डिलीट कर देता हूं और हम एक एरिया पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम पहले काउंट कर लेते हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट उसके बाद यहीं पे हमने कर्ली बैकेट के अंदर लिख देना है यहाँ पे टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कमा फाइव कॉमा सिक्स सेवन और करली ब्राइकेट क्लोज कर देना अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिक्वेंसली नहीं होना चाहिए ये आपके फील्ड के अकेलीस होना चाहिए कंट्रोल सिंटरप्रेस कीजिए और देखिए एक ही फॉर्मूला यहाँ पे हो गया तो ये जो हमने कर ली वो एक्टिड टू दिया है जैसे कि हमने यहाँ आपको बताया कि यहाँ पे आ, वन टू थ्री फोर फाइव है इसको टू दे दिया इसको थ्री दे दिया इसको फोर दिया इसको, इसको फाइव दे दिया इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेम यहाँ भी यही हुआ कि जो सीक्वेंस है इसको वन टू दे दिया इसको थ्री दे दिया इसको फोर दे दिया इसको फाइव दे दिया इसको सिक्स दे दिया और इसको सेवन दे दिया तो आपका बेनिफिट क्या हुआ कि अलग अलग फॉर्मूलेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमने एक ही फॉर्मूला लगाया और हमारा बाकी हर एक सेल में डेटा इंट्री हो गई और इसकी एक और प्लस पॉइंट है कि आप किसी एक को डिलीट या चेंज नहीं कर सकते हैं डिलीट या चेंज होगा तो पूरे को होगा जिसमें हमें कंट्रोल कर एंटरप्रेस करना होगा अदरवाइज किसी का नहीं होगा ओके समझ में आ गया आप लोगों को जी सर क्लियर ओके विदाउट इसमें मैंने क्लियर है चलिए आगे बढ़ें ओके सर <coughs>